यात्रा जो 4 दिसंबर दिसम्बर में दो सौ विधानसभा क्षेत्रों में शुरू हुई थी आज सातवा मंडल में आज प्रवेश किए क्यों के भगत सिंह गांव गाँव है तो

में हमारे जिला महामंत्री कराई जिला मंत्री सीताराम जी उल

किसान मोर्चा चौधरी कराई मधु सिंह जी मधु सिंह जी सी मोर्चा जिला यूएस

समाजसेवी गंगेश सिंह जी समाज सेवी गंगाई जिला युवा रमेश जी प्रजापत्र स्वागत कराई श्री राम जी देवासी

का मंडल अध्यक्ष अध्यक्ष राजेश जी राजेश जी रे है खत्म कर

भारत माता की भारत माता की सीर्योदय मात की अरे में, बधारे हुए ले ले ग्रुप में, के हुए, समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं का जन आक्रोश रैली के तहत जो

नुमाइंदे है, है उनके जो अपने काम को तवजो नहीं दे रहे हैं उस गति को इसमें डालकर उस, उस कुशासन के विरोध अशोक गहलोत की सरकार के विरोध अब डालेंगे और आने वाले समय में अपन उनको एक जो की रणनीति है उसको भारत भारत माता माता की की

श्रिया देवी माता की श्रीया देवी माता की

का स्वागत और चल रही थी, श्रीमान जी बैठ कांग्रेस के घोषणा पत्र की इन्होंने और राहुल गांधी जी ने किसानों के साथ में हम माफ कर देंगे, या सभी किसान भाई बैठे आज दिन तक

का दिया, ने हैं और ने और जो तो पानी की जो अपनी जो भोक योजना है उस योजना का भूखा तक जो तो पानी पहुंचता है तो आगे दिन तक तो कभी कभी पहुंचता है आगे वाले गाँव में आज दिन तक नहीं पहुंचता है यह स्थिति है